एक बार एक व्यक्ति की नज़र सर्कर्स के बाहर रस्सी से बंधे एक हाथी पर पड़ी व्यक्ति सोचने लगा कि यह ताकतवर हाथी एक साधारण सी रस्सी को नहीं तोड़ पा रहा है उस व्यक्ति ने ट्रेनर से पूछा यह हाथी रस्सी क्यों नहीं तोड़ता उसने जवाब दिया जब यह हाथी छोटा था तब ये रोज इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता पर कभी तोड़ नहीं पाया रस्सी न टूटने पर हाथी को विश्वास हो गया कि वह रस्सी कभी नहीं तोड़ पाएगा जबकि आज वह रस्सी को तोड़ने की ताकत रखता है फिर भी वह यह सोचकर कोशिश भी नहीं करता कि पूरा जीवन में इस रस्सी को तोड़ नहीं पाया तो अब क्या तोड़ पाऊंगा यह सुनकर व्यक्ति दंग रह गया